भाई तुमने तो सुना कि नहीं रेशमा जवान हो गई no. क्या बात कर रहा है भाई इसको देख hey, hey! हैल हाँ खरीद लीजिए और कोई दो गरीबों को एक एक करोड़ दे दीजिए hey, hey! भाई तो करोड़ों की बात हो रही है एक, एक मिनट होल्ड करना ए तुम दोनों में से कोई गरीब को पहचानता है भाई से बड़ा गरीब कौन होगा हम तो इतने गरीब है कि हमारा अकाउंटिंग बिगाड़ियों में होता है ये भी तुम लोग कहना क्या चाहते हो ये कहना क्या चाहते हो तुम लोग भाई गुस्सा क्यों हो रहा है मत देना ये तुम लोगों को एक करोड़ क्या सौ सौ करोड़ दिए ले आ? लेकिन ये बहुत जिम्मेदारी का काम है भाई हम बड़े जिम्मेदार है जब भी हमारे गांव में कोई चोरी डकैती होती है ना सब हम ही का जिम्मेदार कहते हैं कुछ भी बोलता है हम मैनेजर साहब एक दो करोड़ होंगे अच्छा अच्छा क्या हुआ ने, ने, no. नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ तू एक जरा दस का नोट देना दस की क्या बात कर रहा है भाई ले बीस की लेकिन तो बीस का नोट था ये हिस्सा तेरहवें महीने का 35 तारीख को पीपल के पेड़ के पीछे जाके दे देना दे तुमको पैसा मिल जाएगा ओके okay. ओके क्या ये तुझको बना रहा है कभी तेरह का महीना होता है और जो पीपल के पेड़ के पीछे का ये बात कर रहा करना उसके पीछे खाई है वहां पर जाना गिरकर मर जाना एक मिनट जरा अपना फोन देना तेरे मैनेजर से मैं बात करू ये कहा तो फोन ही बंद है हाँ वो चार्ज खत्म हो गया था ओके okay. इसमें तो बैठरी नहीं है यानी की तू कब से हमको बना रहा था नहीं कि तू कब से हमको बेवकूफ बना रहा था शुरू में बचार में